पानी कितने डिग्री पर तो बॉईल होता है आपने तो पढ़ा ही होगा जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब पानी उबलने लगता है लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है मैं आपको बता दूं कि ये एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है अगर आप किसी पहाड़ में हो उदाहरण के तौर पे आप माउंट एवरेस्ट में हो और पानी को उबालोगे तो साठ सत्तर आएगा ना तभी वो उबलने लगेगा और क्या उल्टा मारियाना जो की समुन्दर का सबसे बिगेस्ट पॉइंट है भरती के अंदर वहाँ पे आप पानी को उबालोगे सौ डिग्री पहुँचा दोगे तभी भी नहीं उबलेगा दो डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचा दोगे तब भी नहीं उबलेगा। तीन सौ डिग्री पहुँचाओगे तो भी नहीं चार डिग्री पहुँचा दोगे तो भी नहीं, तो नहीं उबलेगा। 500 डिग्री पार होगा तब तो पानी उबलेगा मारियाना क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है पूरे समंदर पर लोड होता है उस जगह पे जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ पे और ज्यादा तापमान चाहिए पानी को उबालने के लिए